ऐसे कहा बजा से निकल के एक आवाज है जो मेरे कानों में गूजती रहती है उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं मोहब्बत